कि फाइल को ओपन ना कर पाए कोई विदाउट पासवर्ड तो फाइल की ओपनिंग पासवर्ड मैं लगाना चाहता हूं तो फाइल की ओपनिंग पासवर्ड लगाने के लिए फाइल के अंदर जाएं ऑप्शन पे जाएं और यहां माफ कीजिएगा ऑप्शन नहीं माफ कीजिएगा फाइल के अंदर सेव से जाएं और सेव करते समय यहां पे आप टूल्स के अंदर जनरल ऑप्शन के अंदर आपका जनरल ऑप्शन और जर्नल ऑप्शन में आप यहां पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई डाल सकते हैं पासवर्ड पासवर्ड टू टू ओपन एंड तो आपका फाइल पासवर्ड के साथ सेव हो जाएगा बट यही भी छोटी सी प्रॉब्लम है कि आपकी फाइल पासवर्ड के साथ सेव होगी किसी और नाम से किसी और लोकेशन में अब मुझे यही पे इसको चेंज करना है मैं चाहता हूं मेरा पास फाइल बिना सेव हुए, से हुए पासवर्ड लग जाए। क्योंकि से करने से क्या होता है कि इसका नाम लोकेशन चेंज हो जाता है जिस कारण से इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे डेटा है वो लिंक है डेटा लिंक है वो चेंज हो सकते हैं तो इन्फो में हम चाहते हैं और यहीं पर आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक के अंदर इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड दिखेगा इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड इस पे ओके कर दीजिए आपका पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा और आपका बिना फाइल पासवर्ड का फाइल नहीं खुलेगा